इस की पर आप भी सामने आया है ने साहब बोल दिया नशे में थी इस वजह से उनकी मौत की वजह है इस वीडियो इस वीडियो पर आप बताओ तरह सुशान सिंह का फूट का भी गैस खत्म हो जाए हम ये निजा कर रहे हैं तक मेरे कहा क्या नहीं आप मुझे बताये कमेटी पर